खाबों <ख़ागा> में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी हो खबों में तू मेरी हर सांसों में तू दिल के जज्बातों में तू है तू बसी से रुकी है कोई हमें पुकारे अनजानी रहे हम हमारे ओ यारा क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना जीते थे खुद से बातें करते थे तुम तो कोई मिल जाएगा दिल पे लिखते रहते कहा क्या तुमने सुना जो दिल ने कहा हमें सुना ओ मैं तो बबरा हूं सारी कलियों की करता चोरी बांधे क्यों प्रीत की डोरी रहने दे थोड़ी थोड़ी मैं तो बवरा हूँ सारी कलियों की करता रहने दे थोड़ी थोड़ी क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना